सख्ती का गोल चक्कर है और हम जो रास्ता दिखाए उसी रास्ते से पैदल आ गए हम लोग आप लोगों को दिखाने के लिए उधर लग से लगभग यहाँ पर 100 से 200 मीटर दूरी होगा 100-200-300 तो मीटर होगा तो आप पैदल कर सकते हैं या फिर वहाँ से ऑटो भी ले सकते हो ठीक है बस हम यहाँ पर एक टर्निंग है और टर्निंग थोड़ा सा घूमेंगे तो हमें इधर ही सामने जुबली पार्क मिलेगा तो हम जा रहे हैं जुबली पार्क की तरफ आप लोग बस बने रही हैं आप सभी जुबली पार्कू अभी जमशेदपुर पर है पार्टनर हमें जो एक तो गोल्डन मेल मिला था ना हमारे वीडियो में मिले ना यही करता उसी उसी कोना पर वो गोल्डन मेल मिला था यू तो ही तो तो हैं हम गोल्डन मैल से अच्छा था अच्छा था सब कुछ तो दे रहा था अभी हम लोग जा रहे हैं जुबली पार्क वाले है सब तो गाड़ी आ रहा है बस जुबली पार्क का गेट है शायद आज बंद होगा कि नहीं हम नहीं, नहीं। खुला ही रहता है घर टाइम थक गए फटनर हम लोग छः से सात किलोमीटर आने के लिए ही थक गया तो चलो देखते हैं जुबली पार्क का रिएक्शन कैसा आता है तो वैसे हम लोगों को देखना है बस पार्क और ना यहाँ पर क्या बोले सुशांत सिंह राजपूत है ना उसका कुछ फिल्म यहीं पर बनाया था मिडिल पर फुहरा जैसा है वहीं पर वो जो टाइमिंग से एक साथ होता हो रहा है ना फुहारा से पानी भी आ रहा है यहीं पर यही का सीन था वो तो हम दिखा रहे हैं देखो साक्षी से लगभग कितना 600 मीटर होगा दूरी इधर देखो इसका पहले बार आए थे तो ऐसा ही था और इस बार भी ऐसा ही है कुछ चेंजिंग नहीं है तो देखो बहुत सारा कोपल ऐसे बैठे हुए हैं था चारों तरफ देख सकते हैं और अभी पोटू आ गया है तो मजा ही मजा आएगा जुबली पार्क उस अभी फिलहाल जुबली पार्क घूम लेते हैं देखो पढ़ना बहुत सारा कोपल यहाँ पर बैठे हुए हैं एक दो तीन चार लेकिन उन लोगों को वीडियो नहीं कर पाएंगे गाली वाली देगा कुछ और उन लोगों को छोड़ो हम लोग बस पार्क घूमेंगे फिर चलेंगे और पढ़ना आई लव जमशेदपुर का जो पोस्टर है जुबली पार्क के उस साइड है हम वो भी आपको दिखाएंगे फर्स्ट तो हम लोग वहीं पर जा चलते हैं जहाँ पर जो पोस्टर लगाया हुआ है देखो वर्णन यहाँ पर क्या चल रहा है पूरा। सा। पोस्टर शायद आगे है तो हम लोग वहीं पर जाएंगे अभी पार्क पार्क का सेंटर और ये बनाए थे हमारा जमशेद जी टाटा वहाँ का जमशेद जी का पोस्टर भी है इधर तो हम दिखा रहे हैं और पर, पर, पर, पर सोलर लग गया है अभी पहले तो नहीं था सोलर अभी अभी बना सा है गया हाँ जेदपुर का पोस्टर था है पढ़ना वहीं पर हम पहले जमशेदपुर का पोस्टर देखेंगे उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे अब यह रहा पोस्टर पोस्टर भी इतना अच्छा सा नहीं है बड़ा वाला नहीं है छोटा वाला ही है तो चल जाएगा जमशेदपुर पटना यह रहे पोस्टर इसको ही ढूंढ रहे थे हम बहुत देर से और इधर से भी आप घूम सकते हैं देखोगे वेलकम टू तो जुबली पार्क और यह रहे जमशेदपुर और थोड़ा इधर आना पड़ेगा इधर बैठे हुए थे तो वीडियो पर हम ठीक है यहाँ पर कुछ पोस्टर पुस्टर है तो डॉक्टर जमशेद जी जमशेद जी रानी एम टाटा स्टील एंड मिस्टर शेख बेंजामिन प्रेसिडेंट टाटा वर्कर्स यूनियन ऑन दिसंबर सोलह छोटू हम भाई हमारा वीडियो पर तो आ जाओ शामिल हो जाओ क्या नाम है आओ रे इतना शर्म मार के कहा जा रहे हो आओ ना अकेले अकेला घूम रहा है क्या नाम है तेरा हाँ क्या हुआ हमसे डर कह रहे हो क्या हुआ भाई नहीं नाम तो बोलते जा अच्छा और पैसा देंगे हम ठीक है और पैसा चाहिए तो हम और पैसा देंगे नाम बता बस हम और पैसा देंगे नहीं बताएगा अरे छोटो क्या नाम है तेरा बोल एकदम तो बच्चा सा है और अकेला घूम रहा है इधर उधर हमारे साथ नहीं चलेगा हम उसको बोले कि पार्क घुमा दे पसंद है ठीक है चलो नसीब में है नहीं हम अकेला ही घूमेंगे पूरा पार्क ठीक है और अब लोग भी घुमाएंगे बस बने रहिए हमारा वीडियो पर अभी हम पार्क का ही साइड है सेंटर साइड चल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा पोपल लोग हैं जो अपना अपना छक्का वीडियो बन कर रहे उन लोगों को छोड़ो हमें तो बस अपना मजा लेना है देखो पर्नर जुबली पार्क का भी हम लोग ऊपर से ही चलेंगे अच्छा है ना अच्छा ही है लोगों के लिए बहुत सारा कोपर लोग बैठे हुए हम आपको दिखा रहे हैं बस बने रहो और ये रहे हम दिखाएं जो चमसल जी टाटा की मूर्ति वही पर यही एंट्री है देखो यहाँ से एक तो थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू का चाहिए ना ठीक है और हमारा पीछे जोलॉजिकल पार्क है वहीं पर भी जाएंगे हम लोगों के पास अभी टाइम बारह बज के पाँच अभी टाइम है और पटना जो हम फुरा के बारे में बोल रहे थे ना यही है वो देखो शूटिंग वहीं पर हुआ था आगे की पानी पानी दे रहे सब लोग देखो कितना सारा कॉफे लोग है जो अंदर का है ना पार्टनर देख रहे हो ना उसी से होता है पानी बहुत जिसका बस जुअलॉजिकल पार्क चलना है उस साइड चलेंगे पार्क बड़ा है पाटना और यहाँ पर बहुत सारा ये, लोग है जो मस्ती ले रहा है भैया पानी बॉटल चाहिए एक एक ठीक है ना कितना है उसमें देखिए थोड़ा ठीक है तो पानी बॉटल चाहिए था हमें आप लोग कहाँ से भैया <laughs> बहुत सारा फ्रेंड मिले हमें देखो बुला लिए भाई लोग हमें पानी बोतल उतना ठंडा नहीं है बस बीस रुपया ले लिए साले और ये जो सोलर प्लेट है यहाँ पर ये नहीं था पहले अभी बना दिया गया शायद देखो इतना सारा फूल वूल है उधर भी है उसके पहले टाइम आए थे तो बहुत मस्ती लिए थे इधर हम शाम तो का टाइम था और अभी दोपहर का बारह बजे ये रहे यहाँ का मिडिल जो देखो हमारा पीछे साइड भी देखो यहाँ पर जुअलॉजिकल पार्क है इस साइड भी देखो ठीक है प्रणाम हमें अगली तरफ चलना है रुकना नहीं बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो प्रण ये फूल कौन सा है क्या नाम है? मालूम नहीं बहुत सारा आगे एक मज़ेदार चीज़ है वहाँ पर देखो क्या है ये यहाँ पर पढ़ना बहुत सारा लोग है लेकिन हमसे बात करने वाला कोई नहीं आगे शायद मिल जाए कोई का रास्ता साइड है इस साइड से भी है तो हम लोग चलेंगे उसी साइड से सा। और पटना आगे जूलॉजिकल पार्क है, और पटना यहाँ पर शूट चल रहा है शायद फोटो शूट लेकिन उससे हमें क्या हम लोग तो अपना ब्लॉग करेंगे और निकलेंगे इधर से है न से को है ना वहाँ का देखते हैं यहाँ को क्या तो रहेगा ही ना ठीक है <laughs> पार्टनर बोले ना कि सूट चल रहा है इधर देखो इस साइड हो गया हमारा जोलॉजिकल पार्क और यहाँ का व्यू देखो पढ़ना जैसे सा सा बच्चा लेकिन पढ़ने टाइम बहुत होते जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर है लेकिन हम लोगों के पास पानी है हमको पानी ले लिया पूरा देखो हेलो नाम क्या है हाँ नाम क्या है हमारे पास से नहीं लेगा बहन अच्छा नाम बताओ पहले नाम बताओ पहले हम देंगे ना हम देंगे।